क्योंकि तालिबान वाला मेन उन्हीं को खोज रहा है सब अशरफ गनी के साथ सरकारी तो नौकरी कर रहा है बहुत सारे ऐसे हैं उन लोग से हम बात किए कौन के भैया एक बात बताओ एयरपोर्ट से लोग भाग रहे हैं तीन करोड़ लोगों को तो जहाज कभी हो नहीं निकाल पाएगा तो देखिए भाग इसमें वही रहा है जो यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा था सबको तलिबनिया खोज रहा है सब सुतना ही जब भाई शहीद हो सब का शतरंज खेलेंगे तो मार डालेगा ऑफिसवा में जाके कह रहा था कि देखिए हमसे पूरा फीस लिया गया लेकिन पीडीएफ नहीं दिया गया ये है हकीकत यहाँ की ये देख लीजिए तो, तो खुद ही चला जाता है क्या जा ट्रैफिक का तो पहले आया कीजे ना थोड़ा सा सबको कुछ भी कही दुनिया में दो लोग कभी गलती नहीं करते एक राजनेता सब कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा एक महिला उसको हेलीकॉप्टर भी दे दीजिएगा तो ट्रैफिक में जाम पहुंच जाए ये मुगलों की शुरुआत वहीं से हुई है जहां अभी तालिबान वही क्षेत्र है।, है वो ससुरा शुरू से ही डिस्टर्ब रहा है समरकंद हो काबुल हो जहां पे अभी देख रहे हैं कैसे काबुल पे चढ़ गया सब वहां पर तो काबुल में अगर आप ध्यान से अगर रियलिटी देखिएगा ना तो सारे लोग नहीं भाग रहे काबुल में बहुत सारे ऐसे है उन लोग से हम बात किए कि भैया एक बात हमको एक चीज डाउट हुआ कि तीन करोड़ की आबादी के लोग एक गो एयरपोर्ट से भाग रहे हैं कितना जहाज लेके भागे इन लोग नहीं डाउट वाली बात नहीं थी हम भाई एक बात बताओ एयरपोर्ट से लोग भाग रहे हैं तीन लोगों को तो कभी हो नहीं निकाल पाएगा। तालिबान वाला को खोज तो रहा है तो पस्तो भाषा आती नहीं थी अफगानिस्तान की हिंदी टूटी फूटी लोग बोल लेते हैं वहां पे बट समझ जाते हैं तो अमेरिका वाला इंग्लिश सब सीबीएसई सी बी एस सी बोर्ड तो वर यू डूंगो ट्रांसलेशन की जरूरत रहती है कि कौन सी बोल रहा है बताओ बताओ तो ओकरा से बताएगा ये उसको अंग्रेजी में बोलेगा तो जितना ट्रांसलेटर है सब <laughs> सबको तलिबनिया को सब उतना ही जब बार भाई शहीद हो जा से है। तो मेनली जो सरकारी नौकरी वाले थे वो भाग रहे हैं और जो लोग थोड़े बहुत मतलब क्या बताएं उब चुके थे धार्मिक रूढ़िवादों से छोड़कर वो लोग भाग रहे हैं क्योंकि तालिबान का कहना तो वहां पतंग उड़ाने वालों को फांसी दे देगा इसका का नियम शतरंज खेलेंगे तो मार डालेगा वो इसलिए लोग भाग रहे तो वो एरिया शुरू से ही क्या रहा था अशांत रहा है अभी कोई नया कहानी नहीं है सिकंदर भी जब वहां पहुंचा था ना तो सिकंदर के वक्त में भी हालांकि सिकंदर तो तीन महीने में ही उसे जीत लिया था बहुत ज्यादा नहीं लगा था लेकिन फिर भी विद्रोह तो फिर विद्रोह को संभाला फिर भी जीता ऐसे करते करते उसको तीन साल लगे जीतने का एक बार जीत लिया अफगानिस्तान को जीतना है या मध्य एशिया को तो बहुत बड़ा काम नहीं है जीतना लेकिन उसको जीत उसको अपने अंडर रखना सेम वैसे ही है अफगानिस्तान वाली स्थिति भारत में आपको देखने को मिलती है बहुत सारे लोग उसकी तुलना देख रहे हैं राजनीति में वो कह रहे हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी नहीं भैया स्वतंत्रता सेनानी तब कहते हैं जब वहां अशरफ गनी की सरकार नहीं रहती केवल अमेरिका रहता वो एज ए नक्सलाइट है जैसे भारत कैसे परेशान है नक्सलियों अगर नक्सली दिल्ली घेर ले तो वैसे ही समझिए वहां पर वो वो नहीं मतलब वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं तो ये जो एरिया है ना ये मध्य एशिया है यहां पर मतलब पंद्रहवीं सोलहवीं शताब्दी बारहवीं से, से लेकर पंद्रहवीं शताब्दी तक तो मुसलमानों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा जो आज तक ये रहा आपका कौन सा जगह काबुल और काबुल से ये सट के है उज्बेकिस्तान अभी तालिबान वाला मार रहा है सपना तो जो अफगानिस्तान की फौज है वो कहां भाग रही है उज्बेकिस्तान में तो उधर से उज्बेकिस्तान मार रहा है क्या भाग यहां से सुच रहा है इधर मताना तुम्हें चक्कर में हम न मर आएंगे ये बुकलुलवा खड़ा हो बुकलवा समझ गया तुम्ही था ना पीडीएफ वाला हाँ खड़ा हो खड़ा हो जल्दी सवाल बत, सवाल पूछेंगे डर कह रहा है खड़ा होने में इतना टाइम लग रहा है इतना उस दिन तुम्ही को ना पी नहीं मिला था हाँ तुम नहीं था यही लड़का था। ये था तुमको तुम्ही को न थुरे थे हम ना तब तू बैठ जा इसी के शकल का था जो एको एक को लाका को पीडीएफ नहीं मिला था ऑफिसवा में जाकर हल्ला कर रहा था पकड़े पकड़ के थूर दिए इसी के शकल का था बस थोड़ा सा इससे काला था उसको घोरे भी फोन कर दिए ले जाइए इसको हल्ला कर रहा था ऑफिसवा में जाके अह रहा था कि देखिए हमसे पूरा फीस लिया गया लेकिन पीडीएफ नहीं दिया गया ये है हकीकत यहाँ की ये देख लीजिए उठा दूझापड़ दिए भेज दिए जो नहीं लेट से आया था हमको लगा यही है फिर थूरते हैं हमको डाउट अभी भी हो रहा है इस पे। को न्यूज देख रहे थे तो उसमें देखे कि लखनऊ में जो लड़कियां नहीं मारी है कैब ड्राइवर को दस हजार पर उसको राखी बांधने के लिए कह रही थी बताइए ठीक हुआ नहीं बनवाया पता चला कम पैसा देता तो चालीस हजार फिर मार देती <laughs> पूरी दुनिया में इंडिया कहाँ ब्लैक फंगस खड़े हो एटलस कहाँ है घर पे है आपको नहीं बोले भाई का है पीछे खड़ा हो गया हाँ चलिए ध्यान से लड़की को कौन बोलेगा भैया अब लखनऊ वाला मैटर देख के हम खुदे डरे हुए हैं अरे भाई हम लड़कियों का काली बोले उसको बोले खड़े हो ब्लैक फंगस हाँ बताओ उसको इतना हिम्मत है हमारे में हमारे हाँ घर वाला कह रहा था सब सब लोग इधर शादी ब्याह कर देते हैं तो इधर जो मैटर देखें ना लखनऊ वाला हम कहे दो तीन साल ऐसे ही रहने दीजिए हिम्मत डोल गया है मेरा <laughs> कहा पता कोचिंग से लेट से जाएंगे दरवाजा खटखटाएंगे <laughs> 22, 23 को देगी हैं